कबीर साहेब जब काशी में रहते थे तो उनका एक विरोधी शेख तकी की पीर था जिसने की पूरे देश में एक खबर फैलाई एक चिट्ठी भेजी कि कबीर सेठ जो है वो तीन दिन का काशी में भंडारा कर रहा है तो सभी साधु संतों को ऋषियों को वहाँ आना है पूरे देश से लगभग 18 लाख ,00 साधु संत ऋषि काशी में पहुंच गए और तीन दिन के भंडारे के लिए वहाँ पर इकट्ठे हो गए उस समय काशी में कबीर साहब झोपड़ी में रहते थे तो उन्होंने सतलोक से अपना एक दूसरा रूप बनाया केशव बंजारा का और सतलोक से ही लगभग 9 लाख बैलों पर अपना पूरा का पूरा भंडारा तीन दिन के आयोजन के लिए जिसमें कि लड्डू जलेबी कचोरी पकौड़ी और इसके अलावा भी और बहुत सारी खाद्य सामग्री थी उसको सतलोक से धरती पर काशी में लेके आए और लगभग तीन दिन सभी के लिए बहुत ही जबरदस्त भंडारे का आयोजन किया गया तो उसी के उपलक्ष्य में आज संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में पांच दिव्य धर्म यज्ञ दिवस मनाया जा रहा है तो उसके उपलक्ष्य में पूरे विश्व को तो आज फिर से संत रामपाल जी महाराज जी ने उसी रूप में अपने सभी शतलोक आश्रम में न्यौता दिया इनविटेशन दिया है तो आप सब भी इस दिव्य धर्म यज्ञ दिवस में आमंत्रित हैं सात आठ नौ नवंबर 2022 को तीन दिन का जो है संत गरीबदास जी महाराज जी का अखंड पाठ का आयोजन किया जा रहा है तो आपके नजदीकी शतलोक आश्रम में जरूर पहुँचे और इस शतलोक ऐसी आए हुए भंडारे का आनंद जरूर प्राप्त करे माता पिता और बंधु आए माया जोड़न खूब सिखाए मात पिता और बंधु आए माया जोड़ने खूब भक्ति लाए पाठ पढ़ाया है भक्ति की विक्षा दे दी जो उम्मीद कटोर लाया इतना विशाल भंडारा नहीं दे सकता एक प्रधानमंत्री नहीं दे सकता राष्ट्रपति नहीं दे सकता लेकिन ये तो एक राजस्थान के एक आश्रम का ये आपको भंडारे की बात कर रहे हैं ऐसे इंडिया में कई आश्रम बन गए हैं और वहाँ पे भी ऐसे सह परिवार भंडारा दिया जाएगा कोई जाति का भेदभाव नहीं है सभी को बुलाया जाएगा और सब परिवार बुलाया जाएगा यहाँ पे मतलब भंडारे का मेन उचित है लोगों को यहाँ बुला के वो संदेश देना जो स्वस्थ समाज तैयार हो स्वस्थ भारत किस किस ऐसी ये संतराम है कबीर भगवान के बच्चे भी नहीं छूट रहे तुम्हारी तो अब यहां देखवा करके परमात्मा कहते हैं कि सतगुरु शरण में आने से आई टले डला और जय मस्ति में सूढ़ी होटे में टल जा शकर गोड़गी होत पंजीरी माय जमा पी जीरा ही मेरच लाला जबियो कही अज छाछ करनिया चंता मैं गोड़स पिया तिरबुन धनी पापड़ बीन मसाले सारे छती मम्मी जी आज मैंने बाजार में पोस्टर देखा उसमें लिखा था कि सात आठ नौ नवंबर को भंडारा है कोई भी जा सकता है हाँ बहू सही कह रही हो, मैंने भी सुना था अपनी सहेली के मुख से, यह भंडारा 600 साल पहले हुआ था अब फिर हो रहा है हम इस भंडारे में जरूर चलेंगे में। हाँ मम्मी जी हम दोनों जरूर चलेंगे दिव्य यज्ञ भंडारे में मेरा बहुत मन है मैं अपनी सहेलियों को भी बताऊंगी और मम्मी जी मैंने ये भी सुना है कि वहाँ पर तो कोई पैसा भी नहीं लिया जाता सब कुछ निशुल्क मिलता है हाँ बहू जरूर जरूर हम बिल्कुल जाकर देखेंगे ये दिव्य यज्ञ भंडारा जब तक हमारा ये मोच अंग साफ नहीं होता कि क्यों कौन है कहाँ से आई है कौन हमारी इमरान वी कर रहा है तब तक हम और एक दूसरे को दूसरा मानते है जिसके लिए ज्ञान हो जाएगा पूजा आपको पूरा विश्व अपना दे जगतपुर तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के उपलक्ष में आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी की अमन वाणी का तीन दिवसीय अखंड पाठ विशाल भंडारा व निःशुल्क नाम दीक्षा का आयोजन सात आठ नौ नवंबर 2022 को किया जा रहा है जिसमें आप सभी परिवार सहित साधन आमंत्रित है आयोजन स्थल है सतलोक आश्रम के इंदौर उज्जैन हाईवे फैक्ट्री के पास ग्राम तो ये जो विशाल यात्रा है ये जमालपुर चौक होते हुए निकल रही है और काफी मात्रा में देखो श्रद्धालु इकट्ठे हुए हैं और अपने अपने साधन से जा रहे हैं निमंत्रण देने के लिए पूरे लुधियाने भर को निमंत्रण देने का उद्देश्य है ये देखिए सारे श्रद्धालु जा रहे हैं और ये रथ है ये निमंत्रण रथ है दो हजार तक यह यात्रा जमालपुर तक पहुंच चुकी है संत रामपाल जी के जितने भी अनुवायी हैं, सभी को निमंत्रण दे रहे हैं इस विशाल भंडारे में आपको बता दें कि यह भंडारा सतलों का आश्रम खमाणों में और सतलों का आश्रम भूरी में किया जा रहा है तो जिसके लिए यह विशाल रैली निकली है और अपने अपने साधन से सभी श्रद्धालु जो इनके अनुयी हैं वो सभी को निमंत्रण दे रहे हैं तो ये देखिए यात्रा ये यात्रा की तस्वीरें हैं तो सच समाचार से रंजीत धीमान की तस्वीरें आप दे सकते हैं बहुत बड़ी यात्रा ये और सभी को निमंत्रण दिया जा रहा है इनका उद्देश्य है लाखों की तादाद में लोग, लोगों को निमंत्रण देना और ये यात्रा जो है लगातार आगे आगे बढ़ रही है अपनी बाइक में लोग झंडे लगाए हुए हैं के और अपने जो गाड़ियां निमंत्र निमंत्रण पत्र, निमंत्र पत्र लिया है और इसमें लिखा है केशो भंडारा ये भंडारा है संत रामपाल जी के सनिधि में दिव्य धर्म यज्ञ दिवस तो यह पंपलेट जो है सभी को बांटा जा रहा है तो ये देखिए श्रद्धालु काफ़ी मात्रा में है काफिला नहीं रुक रहा है और अलग अलग जगहों पर जाकर ये निमंत्रण पत्र बांटे जा रहे हैं ऑटो से भी लोग हैं यहाँ पर तस्वीरें देखिए और अपने अपने साधन से लोगों ने झंडे लगा रखे हैं और फोर व्हीलर से सभी लोग इस यात्रा में शामिल हुए हैं और लोगों को पम्पलेट बांट रहे हैं आपको बता दें कि सात आठ नौ तारीख को इन आश्रमों में भंडारा किया जाएगा लड्डू और जलेबियों का जो देसी घी से लड्डू जलेबी बनाए जाते हैं उसके निमंत्रण के लिए हज़ारों की तादाद में यहां पर श्रद्धालु इकट्ठे हुए हैं और लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं ये देखिए सड़कों पर भी निमंत्रण दिया जा रहा है और ये रास्ते में भी लोगों को कोई दिक्कत ना आए तो उसके लिए यहाँ पर इनके सेवादार लगे हुए हैं और निमंत्रण पत्र बांट रहे हैं सभी लोगों को आगे तस्वीर दिखाते रहेंगे क्यूँकी काफी आगे पहुँच चुका हम भी आगे जा रहे हैं। देखते समाचार ऐसी रंजीत क्या आपको पता है पूरे शहर में भंडारे के पोस्टर लगे हुए हाँ बिल्कुल सही कह रही हो मैंने भी देखे हैं पूरे शहर में पोस्टर पोस्टर लगे हैं सात आठ तारीख को भंडारा है हम भी चलेंगे ठीक है आप बताओ आप चलोगे ना मैं भी जाऊंगी आपके साथ हां हां बेटी बिल्कुल चलेंगे हम तीनों ही चलेंगे पता है पापा वहां पर लड्डू और जलेबी भी मिलेंगे गरीब केशव बंजारा भया बालत भरी विचार मन इच्छा पूर्ण करी खुद कबीर के शव अवतार जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के उपलक्ष में आदरणीय संत गरीब दास जी महाराज जी की अमर वाणी का तीन दिवसीय अखंड पाठ विशाल भंडारा व निःशुल्क नाम दीक्षा का आयोजन सात आठ नौ नवंबर 2022 को किया जा रहा है जिसमे आप सभी परिवार सहित साधर आमंत्रित हैं आयोजन स्थल है सतलोक आश्रम किठौदा इंदौर उज्जैन हाईवे पर पाइप फैक्ट्री के पास ग्राम किठौदा तहसील सांवेर जिला इंदौर लखंडी भरी विषम भर लो लखंडी विषम भर कबीर भंडारा के आया है आया संतो की महिमा छठ तीरथ चरण पाय संतो की महिमा अपर